मेरी छत के ऊपर एक बंदा और भाई मैंने इसको बर्फ का गोला मारा और भाई ये रहा चलो भाई टकला फूट गया अबे तुझे पता नहीं है क्या तुम्हारा भाई हीरो पे, पे, उमर। तो कर रहे हैं लगता है कहीं हमारे सब्सक्राइबर तो नहीं है अभी हमारे सब्सक्राइबर ही है और भाई हम सारे नीचे आ चुके हैं अबे भाई मेरे सामने एक बंदा आ रहा है और मैं इसकी खोपड़ी पे एम फोर एवं मार के इसका टकला फोड़ दूंगा अभी रोहित मतमार मुझे लगता है ये इन्हीं का बंदा है अब फिर तू क्यूँ मार रहा है उसको मैं तो किल लेने की सोच रहा था अभी भाई मुझे तो लगता है ये सच में इसी का बंदा है अभी नहीं, इसने भी टीम अप कर लिया और गाइस देखो ये सारे सब्सक्राइबर हैं हमारे अबे ये मेरे सब्सक्राइबर हैं अबे इन्होंने तो टकलाई फोड़ दिया तेरा भाई, भाई साहब ये मेरे सब्सक्राइबर हैं इसीलिए मेरे को नहीं मार रहे हैं बस मुझे डर लग रहा है वो बात अलग है अरे भाई मारना ये। भाई ये मुझे भी मार रहे है अभी ये सब्सक्राइबर नहीं है ये तो साले भूया के चक्कर में खड़े है अभी भाई मारना मत मारना मत भाई हमारे दो मिलियन होने वाले है सालों ने दो मिलियन से पहले ही मार दिया